Yo yo yo what the fuck going on It's M A M Y Vi tera bhai Boom side tama jaise maine mara mukha rola na shina tujhe maar lena sutta par zammi pe le ke tu ab dekha uncha tan thodi ke mere paas na hi chutta Yeah that that Snapchat pe go to pick clip jo maine bheja to video ne bola kuch बजने तभी मैंने सोचा अभी लिख लिरिक्स आ मेरी ख़राब लड़का रैप का किसी के -E नाम पे दार मारे नहीं मैं जो भी हूँ छोटे सामने मेरे नाम से से से तू तू ले मैं मैं मेरे मेरे के के के के भरवा नहीं नहीं नहीं है मुझे किसी के बात से डरता नहीं। मैं किसी बात डरता बूम बूम जैसे मैंने मारा तू भी मार लेना ख्वाब देखा चल बड़ी के मेरे पास लेकिन M E M Y, be so.